तो देने के लिए बैठा हूं तू तो लेता ही नहीं है जिसको दे रहा हूं उसमें और पेर में कोई भेद नहीं है भगवान की नजर में दो बच्चे अलग नहीं हो सकते हैं मां बाप की नजर में क्या दो बच्चे अलग हो सकते हैं नहीं तो भगवान की नजर में भी दो बच्चे अलग एक को ज्यादा एक को कम इसीलिए एक को ज्यादा एक को कम इसीलिए क्योंकि ज्यादा जिसको दिया जा रहा है वो ज्यादा कर भी रहा है